हेलो दोस्तों आज हम राकेश झुंझुनवाला के एक शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ इसने आज टेन राकेश झुंझुनवाला ने एक ही दिन में आज एक हज़ार करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इसमें दस प्रतिशत का अपर सर्किट क्यों लगा इसका मेन कारण यह है कि इसमें क्वार्टर टू का रिजल्ट आ गया है इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट में ज्वेलरी बिजनेस में ईयर ऑन ईयर अठहत्तर प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है और इस क्वार्टर में तेरह नए स्टोर खोले गए हैं बाचिस सेगमेंट में तिहत्तर प्रतिशत की ईयर ऑन ईयर वृद्धि दर्ज की गई है और वेरेबल सेगमेंट में चौहत्तर की ईयर ऑन ईयर वृद्धि दर्ज की गई है इसमें राकेश हो झुंझुनवाला की हो चार करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार नौ सौ सत्तर शेयरों की होल्डिंग है इस तरह राकेश झुंझुनवाला को प्रत्येक शेयर पर दो सौ का प्रॉफिट हुआ इस तरह राकेश झुंझुनवाला ने लगभग एक हजार करोड़ रुपए टाइटन से प्रॉफिट कमाया ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें